तो अंदर से करते हैं। ए, वीडियो चालू कर दिया मैंने। क्लिक ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पिता समान गलिया है ये जो गली आप देख रहे हैं जब हम लोग पहली बार आए थे गुजरात में इसी गली में आगे जाके किराए के मकान पर रहते थे और दो हजार पंद्रह मैंने जब बारवी क्लियर कर लिया था जो मैं ग्रेजुएशन के पीरियड में था घर तो को संभालने के लिए मैं गुजरात में जॉब करने के लिए आया अगर बत्ती और धूप भाभी वीडियो चालू कर दिया मैंने चालू है यार ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पिता समान भैया हैं जब भी मेरा यहाँ गुजरात आना होता है हमेशा दिल खोल के स्वागत करते हैं जो गली आप देख रहे हैं जब हम लोग पहली बार आए थे गुजरात में इसी गली में आगे जाके किराए के मकान पर रहते थे और बहुत सी यादें इस जगह से जुड़ी हुई हैं तो अगर पंद्रह में मैंने जब बारहवीं क्लियर कर लिया था जो मैं ग्रेजुएशन के पीरियड में था घर तो को संभालने के लिए मैं गुजरात में जॉब करने के लिए आया था और यहीं से लगभग तीन चार किलोमीटर दूर अपोलो टायर है जहाँ पर मैं कंपनी में काम करता था कि आज दो में पिछले सात सालों के बाद मैं दोबारा इस जगह पर आया जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस समय मैं वागोडिया गांव में हूं कि आज से 7 साल पहले हमारा परिवार यहां पर काम ढूंढने के लिए आया था इस गुजरात सफर नामे में बहुत से वो पल आज भी मुझे याद आते हैं जिन्हें मैं चाहता था कि आप लोगों से शेयर करूं कहानी ये है कि मेरे पापा यहाँ पे जब आए थे एक छोटे से कमरे में किराए पर अपना उन्होंने छोटा सा काम स्टार्ट किया उनको यहाँ पर लाने वाले जो शख्स थे मतलब मेरे मामा जी वो यहाँ पे अपोलो टायर में काम करते थे ये तो बात मुझे बहुत ही इमोशनल करते हैं जब मैं यहाँ पे दो हजार में जब मैं आया था तब तो परिस्थितियाँ कुछ और थीं और आज परिस्थितियाँ कुछ और तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग गुजरात से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं आखिर क्यों मुझे कम उम्र में गुजरात आना पड़ा काम करना पड़ा जिस स्टोरी की चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा हूँ वो स्टोरी ये है कि मेरे जो पिताजी हैं वो वो जो घर आप देख रहे हैं मेरे पीछे उन घरों में जो अभी जिसपे वो कपड़े लगा हुआ है उन्हीं घरों में से किसी एक में किराए पर लेते थे बहुत ही कंजेस्टेड रूप हुआ करता था वहाँ से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे पापा पहले अकेले आए थे उसके बाद फिर आई मतलब मैं भी आया मुझे भी आखिर देखना था कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है ये वाली जो गली है इस वाली गली से हम लोग मामा जी का घर भी इसी रास्ते से दूसरी साइड में था और दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर मेरे पापा और मेरे मामा यूपी जैसे शहर को छोड़कर किसी तीसरे स्टेट में काम की तलाश में ये लोग लेबर बन के आए आखिर गुजरात को इन्होंने अपना योगदान दिया ये जो जस्ट मस्जिद के बगल में आप घर देख रहे है इसी घर में मामा जी रूम शिफ्ट करके इसमें रहे और से पहले वाला जो घर था उधर भी आपको लेकर चलते हैं। इस समय आप गुजरात के लोकल गलियों में घूम रहे हैं। इन जगहों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा ये जगह होगा कैसे यहाँ के लोग होंगे ये जो दुकान देख रहे हैं यहाँ से हम लोग सामान लेते थे कोने पर जो है वहाँ से हम लोग पानी लेते थे इसके थोड़ी दूरी पर मामा यही वो गली है जहाँ हम लोग अपने जितने भी समय हमने गुजारा उसका अधिकतर समय हम लोगो ने यहाँ खर्च किया यहाँ के लोग अगर मुझे देखेंगे तो पहचान जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे देखें और पहचानें और मुझे बुलाये क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और परिस्थितियाँ कुछ अलग हो गई हैं मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ मुझे उन्होंने पहचान लिया उन्होंने मुझे आने को बोला लेकिन मैं अभी थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहा हूँ सोच रहा था की मैं कैसे जाऊंगा कल अगर मौका मिलेगा तो जरूर वहाँ पे मैं जाने की कोशिश करूँ मेरे लिए ये बहुत मोशन फल है क्योंकि तब हम लेबर थे लेकिन अभी सिचुएशन अलग है वो लोग मेरे मामा लोग जो आए थे यहाँ पर वो अब अपने स्टेट में जाके काम कर रहे हैं हम लोग फिर वाद चले गए क्योंकि मेरी पढ़ाई जो अधूरी थी उसको भी कंप्लीट कर रहा था इसके अलावा ये जो अपने घर देखा वो और इससे पहले हम लोग जहाँ रहते थे उस घर की तरफ भी उस गली भी चलते जहाँ पे हम लोगों ने वहाँ तो भी कुछ पल गुजारे थे लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको वो घर दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे हम इस घर से पहले हम लोग उधर सेफ्ट हुए थे ये जो सामने आप घर दिख रहे हैं दम सामने टक्कर पे हम लोग यहाँ रहते थे और यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था वो वो मंदिर यही है जहाँ पे हम लोग डेली शाम को मैं नानी के साथ पूजा करने आता था ये सामने वाला घर जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इसी घर में हम लोग किराए पे रहते थे अभी जो घर मैंने दिखाया उस घर पे जब हम लोग रहते थे तो इस वाले रास्ते से हम लोग मेन रोड पे जाते थे और जो भी हम लोग अपना डेली रूटीन का जो भी जरूरत का सामान होता था हम आगे से लेके आते थे समय बचाने के लिए इस शॉर्टकट रास्ते से हम लोग जाते थे निकलते थे ये गलिया और ये रास्ते आज भी मुझे ठीक वैसे ही याद है जैसे पहले था। ये जो पानीपुरी देख रहे हैं यहाँ हम लोग शाम को पानी पूरी खाते थे और जस्ट आगे रोड के कोने पे हम लोग सोडा पीते थे जो की ये हमारे डेली रूटीन का होता था मतलब खाना खाने के बाद जो समय बचा हुआ इसी बार थोड़ा बार भी हो जाता था घूमना हो जाता था और हम लोग सोडा भी पीते थे जैसा की मैंने बोला थोड़ा दस पीछे ही लगा हुआ है और मुझे पीछे आप ओपो देख रहे हैं ओप्पो का दुकान यहाँ मैंने अपना पहला टैबलेट परचेज किया था इस जगह पे हम लोग लगभग एक साल यहाँ हमने गुजारा है तो वो सारे पल मुझे आज भी एकदम सही सही याद है आसपास की जो भी दुकान देख रहे होंगे अब लगभग सभी लोग उस समय हमें जानते थे क्योंकि लंबे समय से हम लोग यहाँ रहते थे तो लोग किसी भी भार में परिचय होता गया और जिन भैया के यहाँ मैं रुका हुआ हूँ वो उनमें से एक है तो उनका प्यार उनका सहयोग मैं कभी भी नहीं भूल सकता जब मैं यहाँ कोलोटायर में जॉब करता था काम का प्रेशर होता था तब वो मुझे मदद करते थे बहुत भावुक थे जब लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई उनके काम को लेकर तो उन्होंने कहा कि दुकान उनका किसी कारणवश तोड़ दिया गया है और उनको शिफ्ट करना पड़ता जब नाइट शिफ्ट करने के बाद जब मैं थक जाता था कभी अचानक से मुझे ओवर टाइम लगाने के लिए जब कंपनी मुझे बुलाती थी तो इसी चौकड़ी से मैं साधन लेके रात के ग्यारह ग्यारह बजे भी मैंने गाड़ी पकड़ी